दुनिया में मुझे जो भी मिला जितना मिला है सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं कसीला है सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं कसिला है सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं कसीला है दुनिया में मुझे मुझे जो भी मिला जितना मिला है सब कुछ ये मेरी मां के दुआ कसिला है सब कुछ ये मेरी मां के दुआ कसैला है सब कुछ ये मेरी मां के दुआ कसैला है मेरी मां ह्यारी मां मेरी मां प्यारी माँ मेरी माँ प्यारी माँ मेरी माँ प्यारी माँ कुत्ती में मुझे मित हत्य मिली है कुत्ती में मुझे मित हत मिली है छुट्टी में मुझे मिदघ सरकार मिली है मो तो पे तभी सहे आलम किसना है वो पे तभी सह आलम किसना है सब कुछ ये मेरी मां की दुआओं कसिला है है सब कुछ गेरी मां के दुआओ कसिल है सब कुछ ये मेरी मां की दुआओं कसिला है सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं कसी ला ग मेरी माँ ह्यारी माँ मेरी माँ ह्यारी माँ मेरी माँ ह्यारी माँ मेरी माँ प्यारी माँ दिन रात ये पीरानों से बीरा <सकते> <सकते गहार> से वीरान थे मेरे दिन रात ये से वीरान थे मेरे अब गुलशन उम्मीद का हर फूल खिला है अब गुलशन उम्मीद का हर फूल खिला है सब कुछ ये मेरी मां की दुआ कसैला है सब कुछ मेरे मां बाप की दुआओं वो कसैला है सब कुछ मेरे मां बाप की दुआओ कसैैला है मेरी मां प्यारी माँ मेरी मारी मेरी माँ हारी मेरी माँ मा, मा, मा. सुन्नी हूँ मैं चिश्ती सना खान नी हूँ सुननी हूँ मैं चिश्ती सना खान नी हूँ सुननी हूँ मैं चिश्तीसना खान नी हूँ <Florenz1> क्या क्या, क्या kyan, मेरी तकदीर में खालिक ने लिखा है क्या क्या, क्या मेरी तकदीर में खालिक ने लिखा सिर्थ है सब कुछ ये मेरी मां की दुआओं कसिला है सब कुछ ये मेरी माँ के दुआओ कसिला है मेरी मॉ प्यारी माँ मेरी म प्य मां मेरी मां प्यारी मा मां मा। मा बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत मां बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत मां बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत देखो मेरे मालिक ने मुझे कितना दिया है देखो मेरे मालिक ने मुझे कितना दिया है सब कुछ ये मेरी माँ के दुआ कसैला है सब कुछ ये मेरी माँ के दुआ कसैला है सब कुछ ये मेरी माँ के दुआ कसीला है मेरी माँ प्यारी मा मेरी माँ प्यारी माद माँ प्यारी मा मेरी मा प्यारी मा याद आए मां की तो बहुत वफा माँ की तो बह जाते हैं आंसू ये सरकार की सुन्नत से वफा है दर असल ये सरकार की सुन्नत से वफा है सब कुछ ये मेरी मां की दुआ कसे है सब कुछ ये मेरी मां की दुआ कसेला है सब कुछ ये मेरी मां की दुआ कसेला है मेरी माँ अप्यारी माँ मेरी माँ अप्यारी माँ मेरी माँ सग जहरा के सगों का अज मलगू में सग सैयाद जहरा के सगों का अज मलगू मैं सग सैयाद जहरा के बच्चों बचोंगा दिल में मेरे हंसने की अम्मा की हया है दिल में मेरे हंसने की अम्मा की हया है दिल में मेरे हस